अच्छी अच्छी बातें दुनियादारी वाली वाह अच्छी अच्छी बातें दुनियादारी वाली हमसे मत कर प्यारे बात हमारी वाली क्या कहने वाह वाह वाह अच्छी अच्छी बातें दुनियादारी वाली बहुत खूब हमसे मत कर प्यारे बात हमारी वाली वाह दिल ऐसा वीरान के जैसे कोई सहरा बहुत खूब <Machin'> दिल ऐसा वीरान के जैसे कोई सहरा घर में हलचल शादी की तैयारी वाली वाह। क्या कहने <Machin'> दिल ऐसा वीरान के जैसे कोई सहरा। घर में हलचल शादी की तैयारी वाली कच्ची पक्की मोहब्बतें तो बहुत हुई हैं बहुत खूब। कच्ची पक्की मोहब्बतें तो बहुत हुई हैं। पहली है ये पूरी जिम्मेदारी वाली वाह वाह कच्ची पक्की मोहब्बतें तो बहुत हुई हैं। वाह वाह पहली है ये पूरी जिम्मेदारी वाली क्या कहने क्या कहने में तुझको छूने से डरता हूँ नाजुक ख्वाब में तुझको यू छूने से डरता हूँ मैं ये ख्वाहिश है तेरी हिस्सेदारी वाली वाह ख्वाब में तुझको यू छूने से डरता हूँ मैं क्या कहनी ये ख्वाहिश है तेरी हिस्सेदारी वाली वहम नहीं ये जिससे अपना ध्यान हटा लो क्या कहनी वहम नहीं ये जिससे अपना ध्यान हटा लो पक्की सच्ची मौत है ये बीमारी वाली वाह क्या कहनी क्या कहनी वहम नहीं ये जिससे अपना ध्यान हटा लो हुण। बहुत खूब पक्की सच्ची मौत है ये बीमारी वाली मौत हो तुम कहते हो मत मिलना हम नहीं मिलेंगे तुम, कहते, तुम हो। कहते हो मत मिलना हम नहीं मिलेंगे इसमें ऐसी बात है क्या दुशारी वाली अच्छा वाह क्या अच्छी अच्छी बातें दुनियादारी वाली हमसे मत कर प्यारे बात हमारी वाली क्या कहने एक और बहुत छोटी सी बैर की गजल है चंदेर रोना हो आसान हमारा रोना हो आसान हमारा रोना हो आसान हमारा इतना कर नुकसान हमारा बहुत खूब वाह वाह वाह रोना हो आसान हमारा इतना कर नुकसान हमारा वाह बात नहीं करनी तो मत कर बात नहीं करनी तो मत कर चेहरा तो पहचान हमारा वाह बात नहीं करनी तो मत कर चेहरा तो पहचान हमारा चेहरा तो पहचान हमारा वाह खुश फहमी हो जाएगी हमको खुश फहमी हो जाएगी हमको खुश फहमी हो जाएगी हमको ध्यान हमारा वाह वाह वाह वाह मत हो जाएगी हमको मत रख इतना ध्यान हमारा वाह पहली चोट में जान गए हम पहली चोट में जान गए हम इश्क नहीं मैदान हमारा <स्थि> पहली चोट में जान गए हम, नहीं, जान हम जा इश्क नहीं मैदान हमारा पहली चोट में जान गए हम क्या कहने इश्क नहीं मैदान हमारा वाह मौत ने आकर बांध लिया था मौत ने आकर बांध लिया था पहले ही सामान हमारा वाह वाह वाह वाह मौत ने आकर बांध लिया था पहले ही सामान हमारा पहले ही सामान हमारा जीत गया तेरा भोलापन वाह जीत गया तेरा भोलापन हार गया शैतान हमारा वाह वाह वाह वाह जीत गया तेरा भोलापन हार गया हार गया शैतान हमारा वा। रोना हो आसान हमारा इतना कर नुकसान हमारा बहुत शुक्रिया कीनी हिम्मत